दोस्तों आज की मिस्टीरियस दुनिया इन हिंदी सीरीज़ की वीडियो में हम भोपाल के शिवपुरी में स्थित 2100 साल पुराने भूतिया किले के बारे में बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स बिना समय बर्बाद कर अपनी वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों हमेशा से ही यह स्थान ऐसा नहीं हुआ करता था कभी यह स्थान बहुत खूबसूरत हुआ करता था लेकिन आज इसे शैतानी रूहों ने अपने कब्जे में ले लिया है यह आत्माएं इतनी खतरनाक और दुष्ट हैं कि दिन ढलते ही जो भी व्यक्ति अपनी मौजूदगी यहां दर्ज करवाता है उसे वह अपना शिकार बना लेती हैं। हैं बहुत से लोग जिन्हें आत्माओं, पारलौकिक शक्तियों और शैतानी ताकतों जैसी किसी भी चीज पर विश्वास नहीं होता वह ऐसी बातों को मनगंत मानकर जुठला देते हैं लेकिन यह भी सच है कि किसी के जुठलाने से या टाल देने से सच नहीं बदलता भोपाल के शिवपुरी में स्थित 2100 साल पुराना किला एक जमाने पहले बेहद खुशनुमा हुआ करता था लेकिन अब यहां रात तो क्या दिन में कोई आने का साहस नहीं करता लोगों का कहना है कि यहां रात के समय घुनघुनों की आवाज़ें आती हैं जो दूर दूर तक लोगों को सुनाई देती हैं स्थानीय लोगों का कहना है कि दिन ढलते ही यहाँ महफिल जमती है जिसमें प्रेत आत्माएं शामिल होती हैं और जिन जिन लोगों ने उस महफिल को देखा उनकी तुरंत ही मौत हो गई भोपाल के शिवपुरी में एक छोटा सा कस्बा है पोहरी जहाँ यह किला स्थित है इस स्थान के बारे में कोई नहीं जानता लेकिन जब से मीडिया में यहाँ होने वाली संदेहास्पद घटनाओं को प्रचारित किया गया है तभी से लोगों को यह समझ आने लगा है कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है वे लोग जो भूत प्रेत और आत्माओं के होने जैसी बातों पर यकीन नहीं करते अब तो वो भी इस किले को श्रापित समझने लगे हैं। इस स्थान की अपनी तो कोई पहचान नहीं है लेकिन जब से इस किले के, के भूतहा होने की बात सामने आई है तब से लोग पोहरी को पहचानने लगे हैं पहले इस किले में दिन में स्कूल भी चला करता था लेकिन जब बच्चों ने वहां कुछ अजीबो गरीब हरकतें महसूस की तो वहां स्कूल लगना भी बंद हो गया यह किला वीर खांडेराव का है और लोगों का कहना है कि यहां जो महफिल जमती है वह वीर खांडेराव की सभा है वही रात के समय अपनी नर्तकियों के साथ महफिल जमाते हैं यहां रात को आत्माएं पूरे किले को अपने कब्जे में ले लेती हैं और घनी झाड़ियों के बीच घिरे इस जंगल में अगर गलती से भी कोई रात के समय रुक गया तो उसका हर्षर अच्छा नहीं होता स्थानीय लोगों का तो यह भी कहना है कि 2100 वर्ष पुराने इस किले में वीर खांडेराव का डेरा था लेकिन उनकी मृत्यु के बाद यहाँ कोई परिवार कभी टिक नहीं पाया कहते हैं एक परिवार ने यहाँ रहने का साहस किया तो पहले ही दिन घर की महिलाएं अजीबोगरीब हरकतें करने लगीं उन्हें तंत्र विद्या से ठीक करवाया गया कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि इस किले के, के भीतर खजाना छिपा है जिसकी रक्षा यहाँ भटकने वाली आत्माएं करती हैं लेकिन सच क्या है इसका पता लगाने की किसी की हिम्मत नहीं है